بسم الرحمن दोस्तों उम्मीद करता मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे 2022 हजार खत्म हो गया 2023 आ गया अब बहुत से लोग 2023 को लेके न्यू ईयर जो है वो रेजोल्यूशन लिखेंगे कि हम 2023 में ये ये कुछ करेंगे और ये ये कुछ नहीं करेंगे तो क्यों ना मैं 2022 का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि मैंने इस साल में क्या क्या कुछ हासिल किया लूज क्या किया लूज़ तो इंसान बहुत कुछ करता है और ऐसा कोई इंसान कहे कि उसने लूज नहीं किया तो लूज़ तो इंसान करता रहता है लेकिन हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते रहते हैं सोचते रहते हैं कि हमने ये लूज़ किया है हमने ये लूज़ किया है और इसी आदत की वजह से हम ये देखते ही नहीं कि हमने गेन क्या किया है ने मुझे बहुत कुछ दिया बहुत कुछ लिया भी लेकिन बहुत कुछ दिया जो बहुत कुछ दिया इस वीडियो में मैं उसका एक क्विक ओवरव्यू दूंगा आपको कि मैंने 2022 में क्या क्या कुछ लिया और ये कैसे लिया कैसे मुझे ये सब मिला इसके पीछे सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी एक जात थी वो थी अल्लाह की जात उसके बाद मेरी माँ की दुआ और उसके बाद मेरी मेहनत कि मैंने इस चीज़ को एक ही चीज़ के साथ जोड़ा कि नहीं हिम्मत नहीं हारनी चैलेंजेस तो हर इंसान को आते जाते रहते हैं 2022 हज़ार में आल दो के मुझे बहुत ज़्यादा फिनंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा लो में चला गया बहुत सी चीज़ें थीं जो मुझे मेरे लिए नहीं थी और मैंने उन सब के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं अभी आप 2023 को लेके बहुत कुछ लिखेंगे कि मुझे दो में ये ये ये ये कुछ करना है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे 110 परसेंट कामयाबी हासिल करें तो सबसे पहले एक मेरी बात याद रखिएगा कि आप जो भी लिख रहे हैं एक दिन में तकरीबन तक आपके छियासी हज़ार चार सौ होते हैं आप इतने ज़्यादा सेकंड से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है आप जो भी आपका ख्वाब है आपने कोशिश ये करनी है कि आप हर दिन ज़्यादा नहीं तो एक सेकेंड के लिए ही आप अपने उस ख्वाब के लिए कुछ ना कुछ करें जरूर करें थोड़ा ही सही छोटा ही सही आप करें जैसे ही आपकी आदत बन जाएगी आप यकीन करें आप वो बहुत बड़ा ख्वाब भी आप हासिल कर लेंगे सबसे पहले उसे दिमाग में जीतना सीखें जी हाँ विजुअली आप जब भी अपनी किसी चीज़ के बारे में विजुअल्स क्रिएट कर लेते हैं आपके जितने स्ट्रॉन्ग विजूअल्स होंगे जितने स्ट्रोंग आपके इमेज होंगे आप याद रखिएगा आप उस गोल तक उतनी ही जल्दी चले जाएंगे सबसे पहले दिमाग में उस चीज़ के पैटर्न्स डिवेलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है 25 दिसंबर 2021 जब मुझे एक नया चैलेंज का सामना करना पड़ा क्योंकि मेरे खानदान में बहुत से लोगों को डायबिटीज़ थी और है और मुझे यही एक सोच थी कि यार उन लोगों को डायबिटीज़ है तो मुझे भी डायबिटीज़ हो जाएगी और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता था इवन मेरी फास्टिंग जो थी वो नियर टू हंड्रेड के करीब करीब हो गई थी तो मैं प्री डायबिटीज़ की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा था क्योंकि मेरा एक पैटर्न था माइंड पैटर्न के यही था कि मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी आज नहीं हुई कल नहीं हुई परसों नहीं हुई हो, हो जाएगी इवन तो मुझे याद है कि मैंने जुम्मा की नमाज़ से पहले दाल चावल खाए और मैं इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे मुझे मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा जलन पड़ती थी कि मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी और मैं इसी जलन की वजह से रहता था सो मैंने इसको लेके एक ही टेस्ट करवाया उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं भागा मैंने एक इरादा किया कि इस साल मैंने इसको अपने अंदर से निकालना है ख़त्म करना है और अलहमद मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया कैसे किया इस टॉपिक पर मेरी वीडियो बनी हुई है और मैंने इसको ख़त्म करने के बाद आई रियलाइज़ कि मेरी लाइफ बड़ी सुकून में आ गई मैंने 2022 में मुख्तफ शादियाँ अटेंड की उन पर मीठा भी खाया नान भी खाया चिकन भी खाया बोतल भी पी जो कि कोल्ड ड्रंक हमारे इधर आपको पता है कोई भी इवेंट इसके बगैर कम्प्लीट नहीं होता अगर आप हमारी वीडियोस के जो है वो ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो ब्लॉग का है वो हमारा लिंक ये है कि आप जो है वो गूगल सर्च भी कर सकते हैं कामरान राइट्स और डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट के नाम से हमारा ब्लॉग है इसके अलावा हमारे ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा आपने हमारे ब्लॉग पर जाना है और यहाँ आपको मल्टीपल इवन हर लैंग्वेज में हमारा ब्लॉग आपको अवेलेबल होगा अगर आप डेस्क टॉप खोलेंगे तो लैंग्वेज चेंज करने का आपको वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अगर आप मोबाइल पे खोलें तो आपने क्रोम ब्राउज़र में जाके उसको डेस्कटॉप जो है वो उसका वर्जन ओपन करना है तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पढ़ें अभी वो चेंजेस हो रही हैं वहाँ अपलोड हो रही हैं इन शो है वो हमारी वीडियोज़ वहाँ एक टेक्सट की फॉर्म में अपलोड होती रहेंगी और मेरी जो जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी वो जो है वो इनशाला वो भी अपलोड होती रहेंगी उसके बाद मुझे नेक्स्ट चैलेंज था वेट गेन का जी हाँ मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था आल के मैं 87 के करीब करीब जा जा चुका था देन मैंने प्लान किया कि मैंने इस साल 2022 में अपने आप को 75 के करीब करीब लाना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं 75 के करीब करीब ले आया अभी जो मेरा रिसेंट वेट है वो 75.2, 75.3 के करीब है मेरा एक और बहुत बड़ा इशू था देर वॉज बेड टाइमिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी इसका की वजह से या अक्सर किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है या कोई जूम मीटिंग है तो मैं आ, लेट हो जाता था देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ भी हो जाए अपनी बेड टाइमिंग को मैनेज करना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2022 में इस लेवल पर आया कि मैंने अपनी बेड टाइमिंग को मैनेज किया अब मैं सुबह फजर की नमाज़ के वक्त उठता हूँ और रात को नौ, नौ बजे सो जाता हूँ नेक्स्ट जो चैलेंज था मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो था जिम में जाने का फोबिया मुझे जिम में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था फोबिया भी था और मैं अक्सर जिम में जाता था फीस देके आ जाता था मैंने बड़ा अरसा जिम में जाके सिर्फ हाथ लगा कर वापस आया हूँ अब अलहमदिल्ला मैं जिम में जाता हूं टाइम स्पेंड करके आता हूं और उसी की वजह से मैंने वेट लूज़ भी किया एक और इशू था मैं वॉक के लिए पंचुअल नहीं हो पा रहा था मैंने वॉक की आदत को भी अपना लिया दो में एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैंने 2022 में तकरीबन 400 से ज़्यादा बुक्स की समरीज को सुना मेरे लिए बुक रीडिंग के लिए टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था तो मैंने बुक समरीज की एप्स को डाउनलोड कर लिया और उनसे मैंने बुक समरीज तकरीबन 400 के करीब करीब या इससे ज़्यादा ही मैंने बुक अमरीज सुनी दो से तीन बुक्स मैं रेगुलरली बेस पर वॉक करते करते मैं अक्सर सुन लेता था तकरीबन छः से ज़्यादा किताबें मैंने दो में पढ़ ली दो से पहले का मैं अपनी किताब पे काम कर रहा था सोचा था 2018 में पब्लिश करूंगा 2019 में सोचा पब्लिश करूंगा 20 में लेकिन मैं कर नहीं पाया 2021 के लास्ट पे मैंने फाइनल किया अपने आप के अंदर इरादा किया कि मैं इसको वीडियो की फॉर्म में जो है वो पब्लिश करूंगा हाउ आई वॉन्ट माई लाइफ ये फ्री फॉर ऑल होगी इस मेरे एक फैसले की वजह से तकरीबन मैं अपनी वीडियो की जो बुक है वो तकरीबन नाइन्टी से ज़्यादा यूट्यूब पर पब्लिश कर चुका हूँ जो कि फ्री फॉर ऑल है और तकरीबन टेन परसेंट के करीब जो है वो मेरे पास रिटर्न फॉर्म में है वो भी इंशाल्लाह मैं पब्लिश कर दूंगा और ये फ्री फॉर ऑल होगी तो इस हिसाब से मेरी एक किताब भी 2022 में कम्प्लीट हो गई अब मेरा एक इशू चलता था कि मैं सेविंग के मामले में बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब ऐसा बंदा हूँ कि अगर मेरे वह पैसे आए हाँ हैं तो बस वो चले जाते हैं मैं इस तरह का बनना हूँ कि मैं सेविंग्स नहीं करता सो so, मैंने बेस्ट सेविंग्स और बेस्ट इन्वेस्टमेंट का मॉडल सर्च किया बड़ा देखा हर बंदा यही कह रहा था आप इतना पैसा जोड़ लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो एक बात मैंने मैंने देखी मैंने इन्वेस्टमेंट अल्लाह के साथ कर दी अल्लाह के साथ तजारत करने का जो है ना मैंने फैसला किया मैंने ये किया कि मेरी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है जो पैसे मुझे आएंगे उसमें से जायज़ अखराज मेरे जो भी हैं मैं उन अखराज को रखूँगा बाकी जो भी पैसे ऊपर होंगे उसमें से एक बिल्कुल लिटल अमाउंट लाइक बिल्कुल लिटल अमाउंट मैं सेव करूंगा जो कि मैं अभी नहीं कर सका और मैं बाकी अल्लाह की राह में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ये मेरा इरादा और मैंने इस इरादे पे काम किया और 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काम में सक्सेसफुल कर दिया और मैं समझता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट कि मैंने अपनी हैसियत में रह के बहुत से लोगों को सपोर्ट करने की नीयत की और मैं अलहमदुल्ला कर गया उस काम को मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली कर रहा हूँ ये तो एक ऑन प्रोसीजर होता है दो में मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने घर में ऑनलाइन कुरान अकैडमी का सेटअप किया और इस कुरान अकेडमी में तकरीबन 10 से 12 बच्चे उन्होंने पढ़ाने का फ़ैसला किया और ये फ्री ऑफ कॉस्ट थे इवन उन बच्चों को जो भी नौरानी कायदे कुरान जीत जो भी दिए गए वो मेरे बच्चों की तरफ से थे और उनकी ही पॉकेट मनी में से थे ताकि मैं चाहता था और मेरी ये थी कि वो इंसानियत के दर्स को सीखें इंसानियत का दर्स सीखना बड़ा ज़रूरी है और मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाएं इंजीनियर भी बनाएं लेकिन सबसे पहले उसे एक इंसानियत का दर्स दें इस माशरे में डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा है इंजीनियर भी बहुत ज़्यादा है बिजनेस मैन भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अफसोस कि यह माशरा इंसानियत से खाली होता जा रहा है हमदर्दी से खाली होता जा रहा है नेक्स्ट मेरा इशू था फैमिली में मेरा थोड़ा सा इशू था मेरी वालदा के साथ वालदा के साथ ये था कि माँ बाप को तो वैसे उफ भी नहीं कहना चाहिए लेकिन मेरी अम्मी क्योंकि अब थोड़ी सी ज़रा ये हो गई थी कि लाइक वो कोई भी बात को फौरन से पहले रिएक्ट कर देती थी और मैं यही चीज़ अम्मी को कहता था कि अम्मी प्लीज़ आप इस पैटर्न को बदलें लेकिन वो इस बात को लेके मेरे साथ थोड़ा सा ज़रा उलझ जाती थी और मैं मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा ज़रा हो जाता था तो मैंने मतलब बदतमीजी का ज़ुमरा नहीं आप वैसे मैं आगे से सफाइयाँ देना शुरू कर देता कि अम्मी ये बात ऐसे नहीं ऐसे और मैंने नोटिस किया कि ये बात गलत हो रही है इससे मेरी माँ हर्ट हो रही है तो मैंने इस चीज़ को अपने अंदर डाला कि नहीं मेरी माँ जो कह रही है दैट इज़ ट्रू अब इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गई पहले मैं उनकी सुनता हूँ फिर मैं उनको समझाता हूँ लाइक समझाने का हक तो नहीं है औलाद को वैसे एक नज़रिया रखता हूँ कि मम्मी ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी थी तो इस चीज़ की वजह से मैं समझता हूँ दैट वॉज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट कि माँ से मेरा एक रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ अब बेगम के साथ भी कुछ ऐसे मामला थे बेगम को भी कुछ चीज़ें थीं जो वो कहती थी कि आप ये गलत करते हैं इट्स ओके मैं गलत करता हूँ मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और 2022 में जो थी वो सारी चीज़ों को मैंने चेंज किया फिर पता चला कि ये 2023 की नई लिस्ट है अब 2023 में नई चीज़ें जो है वो लिस्ट होंगी और उनको जो है वो बदलना होगा अल्दो के मियाँ बीवी का मामला ऐसा ही होता है कहीं लाइक हसबेंड की तरफ से मिस्टेक्स हैं कहीं वाइफ की तरफ से मिस्टेक्स हैं तो ये ऑन प्रोसीजर्स होते हैं ये आप ये ना समझें कि कोई बंदा परफेक्ट है नो वन इज़ परफेक्ट एयर फिर मैंने बच्चों को टाइम दिया उसमें देखा मैंने कि यार ये ये चीज़ें थी जो बच्चों की तरफ से भी मैंने उस सारी चीज़ों को कंकर्ट किया तो 2022 में भी ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट अल्लाह ताला ने मुझे दी अब फ्रेंडली सर्कल को लेके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं उनकी कुछ अदात ऐसी हैं कि अल्लाह तला उनको हदायत दे उनकी अदात बहुत ज़्यादा गलत है तो मैं हमेशा चाहता था कि यार मैं इनकी अदात को बदलूँ जो मेरी अप्रोच गलत थी कि मैं एकदम उन पर जो है ना वो चेंज करना चाह रहा था तो 2022 में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया मैं उनके साथ घुमा फिरा बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा बदलने की उनको की कि जो चीजें गलत हैं उनको वो करें एक मेरा बहुत बड़ा जो था वो था सोशल फियर मेरे अंदर अभी भी सोशल फियर है लेकिन आल उस तरह नहीं है बहुत कम है लेकिन पहले बहुत ज्यादा सोशल फियर था फियर था तो मैंने उस सोशल फियर को बहुत ज्यादा कम किया मैंने एक ऐसी दो में एक ऐसी रूटीन एक्सपीरियंस की कि अगर कोई भी बंदा इस रूटीन को डेली रूटीन को ये डेली रूटीन फॉर डिप्रेशन डेली रूटीन फॉर एन्जाइटी डेली रूटीन फॉर फिट लाइफ डेली रूटीन फॉर हेल्दी लाइफ अगर कोई हो सकती है तो वो ये है इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन वीडियो बना दूंगा क्योंकि इसमें तकरीबन बीस इक्कीस चीज़ें हैं जो मैंने निकाली हैं और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं आप फिट भी रहते हैं आप यंग भी रहते हैं आप एनर्जाइज भी रहते हैं आप लोगों के लिए भी अच्छा सा जो है ना वो कर सकते हैं तो ये मेरे दो बाईस uh, में मेरी अचीवमेंट्स थी जो मैंने हासिल की अब 2023 के लिए मेरा यकीनन इससे ज़्यादा ही प्लान होगा लेकिन uh, जो है वो मैं प्लान बताने से पहले एक ही चीज़ चाहूँगा कि मैं अपने लाइक फोर फ्यूचर प्लान्स को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता लेकिन मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दो में मेरे नेक इरादे क्या हैं देखे इरादे नक होना बड़ा ज़रूरी है बाकी कामयाबी तो अल्लाह ही देता है अल्लाह की तरह तला की तरफ से ही कामयाबी आती है सबसे पहले जो मेरा प्लान है वो ये है यार कि एक तो मैं दीन को थोड़ा और ज़्यादा समझना चाहता हूँ और ज़्यादा मैं इस पर टाइम लगाना चाहता हूँ दूसरी चीज़ ये कि मैं एक ऐसी सर्विस का आगाज़ करना चाहता हूँ कि जिसमें हम एक दूसरे की मदद कर सकें हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकें और लेट्स हेल्प इसका कुछ ऐसा वैसा जो है ना वो हो सके इसके लिए मुझे आपके साथ की ज़रूरत है तो जो लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर सिंपल अपना नाम और क्या करते हैं वो किस प्रॉब्लम से वो ज़िंदगी में वो, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो थोड़ी सी ज़रा डिटेल करके एक व्हाट्सअप कर दें ताकि हमारे डेटा में उनका नंबर आ जाए फिर हम जो चीज़ सोच रहे हैं हम एक्जैक्टली exactly उसी को ज, जो है ना वो कर सकें 2023 में इन अगर अल्लाह ने चाह तो मेरा प्लान है एक आइडिया रिश्ता सेंटर बनाने का हाँ यार मैंने देखा है कि हस्बेंड एंड वाइफ ना बहुत ज़्यादा जो है वो उलझन का शिकार है लाइक like मियाँ बीवी की स्टार्टिंग में ही एक तो उनकी केमिस्ट्री एक जैसी नहीं थी जिस वजह से वो रिश्ता हुआ और अब उस रिश्ते की वजह से दोनों को बहुत ज़्यादा जो है वो सफरिंग मतलब बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ रहा है और एक ऐसा भी है कि जब आपकी लाइफ में कोई सेंसिटिव बंदा आ जाता है लाइक कोई हस्बेंड था वो सेंसटिव है या कोई बीबी है वो सेंसटिव है उस बंदे के साथ अपने डील कैसे करना है देखिए सेंसिटिव बंदा जो होता है ना वो आपकी जरा जरा बात को नोटिस करता है कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेस कर देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नहीं एक्सप्रेस करते जो बेचारे नहीं एक्सप्रेस करते फिर वो रजाई में मुंह देकर के रोते हैं पूरी पूरी रात जागते हैं तो अब उस बंदे के लिए क्या है क्या वो उस औरत या मर्द को छोड़ देगा तो फिर वो कहाँ जाएगा तो ऑबियसली ये जो कुछ चीजें हैं जो हमें अगर स्टार्टिंग में हम इनको मैनेज कर लें तो हमारा एक आइडिया रिश्ता हो सकता है तो ये एक मेरा प्लान था और है और इन मैं इस पर काम करना चाहता हूँ और मैं इन 2023 में इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने इजाज़त दी तो ज़रूर मैं इन शह करूँगा इसके बाद ऑनलाइन कुरान एकेडमी मेरा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो दीन की तरफ आएं क्योंकि आपका फरमाना है तो मैं से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए तो ऑनलाइन कुरान वैसे तो कुरान एकेडमी वो चला ही रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि वो ऑनलाइन कुरान एकेडमी की तरफ आएं और 2023 में कुछ ना कुछ जो है वो उसकी संगे बुनियाद रख लें और इन 2023 में उन लोगों का हिफ़्स भी कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी हद तक आलमोस्ट 90 80 टू नाइन्टी परसेंट हो जाएगा तो फिर दो हज़ार में उनका कम्प्लीट हो जाएगा तो देन वो फाइनली जो है वो इन इस तरफ आ जाएंगे अब एक और मेरा दो को ले प्लान है कि मैंने कुछ लोगों को पॉइंट आउट किया हुआ है अब उन लोगों को लाइक like, मैं जब वॉक करता हूँ तो मैं देखता हूँ जब किसी के घर में मुझे कुछ लगता है कि यार ये वाला जो घर है ना ये उतना अच्छा नहीं बना हुआ लाइक like, इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं हो सकती इस बंदे के बारे में मुझे जानना चाहिए तो मैं उसकी थोड़ी सी इंक्वायरी कर लेता हूँ मैं रेगुलरली बेसिस पर ये एक्सरसाइज करता हूँ मैं जब जा रहा होता हूँ मुझे रास्ते में कोई घर नजर आता है मैं उसको नोटिस करता हूँ माइंड में उसके बारे में एक स्केच क्रिएट करता हूँ कि ये इसके घर में क्या हो सकता है फिर मैं इर्द गिर्द से किसी ना किसी से दोस्ती करके थोड़ा जानता हूँ कि यार ये इस घर का मॉडल क्या है किस घर में कौन रहता है क्या करता है सो so मैंने तकरीबन तक 40 के करीब करीब ऐसे लोग फाइंड आउट किए हुए हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है और जिनकी इन शह ने चाहा अल्लाह ने चाहा अल्लाह ही चाहता है तो होता है इंसान की सिर्फ कोशिश और ख्वाहिश होती है मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ तो मैं इन उनके लिए उन चालीस के करीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो कर रहा हूँ लेकिन मैं खुद करना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बताऊँ कि आओ मेरा साथ दो देखो मुझे ऐसे नहीं है अल्लाह ताला मुझे मुझे पता है मैं खुद ही कर सकता हूँ मेरा अल्लाह मेरे साथ है क्योंकि यार देखो आप जब ये डिमांड करते हो लोग फिर तस्वीरें मांगते हैं तस्वीरें अपलोड करो ये करो यार ये मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि देखो सीधी बात है हर इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स है तो मैं अल्लाह का शुक्र है उन लोगों के लिए पहले भी कह रहा हूँ बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताल उस मुकाम पर ले आए कि जो है वो उन लोगों के लिए मज़ीद कुछ हो सके ये दो हज़ार तेईस में मेरे एक नेक कामों की लिस्ट थी और आप लोगों से दुआ है कि अल्लाह तला से दुआ करें किल्लह तला मुझे मेरे नेक कामों में कामयाब करे और अगर मेरी मेरे से कोई बुरा मनसूबा बन गया है या कोई ऐसा मनसूबा जो मेरे हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह तला से दुआ करें किल्लह ताल उसका डायरेक्शन बदल दे और उसको बदी से बुराई से बदल के अच्छाई की तरफ ले आए अल्लाह ताला तो चाहे तो कुछ भी कर सकता है इंसान तो बस कोशिश कर सकते हैं बस मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ख्वाब है आपका कुछ भी करना चाहते हैं आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं बस उसके लिए हिम्मत करें उसके लिए कोशिश करें उसके लिए कोशिश करें इन एक ना एक दिन आप भी उस चीज़ को पालेंगे तो वीडियो का अहतम यही करते हैं ये वो अचीवमेंट्स थी जो मैंने दो में देखी और अब इन शाला में क्या क्या कुछ होगा बहुत कुछ है करने को वो जो कुछ भी होगा इन 2023 के लास्ट पे आपको वीडियो में बता दिया जाएगा अगर अल्लाह ने इतनी जिंदगी लिखी हुई तो ठीक है अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे तो में याद रखिए है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असल अल्लाफ़